इसके बाद हमें पासवर्ड डालना है इसके बाद लॉगिन करना है लेफ्ट साइड में मास्टर ऑप्शन पर जाएंगे मास्टर ऑप्शन में वेंडर है वेंडर में जब हम ऐड न्यू ऑप्शन पर जाते हैं तो वहाँ हमें This जाते हैं और मैनेज ऑप्शन में जाने के बाद हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं वेंडर रजिस्टर्ड बाई मी इसमें वही वेंडर आपको शो करेगा जो वेंडर आपने खुद रजिस्टर्ड किया है mapped, वेंडर मेप्ड बट रजिस्टर्ड बाई अदर्स इस ऑप्शन का जब हम चयन करेंगे तो इसमें हमें वही वेंडर समय शो करेंगे जो हमारे पीएफएमएस पोर्टल पर मैप है लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी दूसरे के द्वारा किया गया है इसके बाद वेंडर्स नॉट मैप्ड विथ मी इसमें वही वेंडर समय वेंडर्स नॉट मैप्ड विथ मी में हमें जो वेंडर है हमारे साथ मैप नहीं है उसके लिए ये ऑप्शन है तो वेंडर्स नॉट मेप्ड विथ मी ऑप्शन पर हमें जाना है इसके बाद हमें उस वेंडर का अकाउंट नंबर डालना अकाउंट नंबर डालने के बाद सर्च ऑप्शन पर सर्च करना तो ये जो वेंडर है ये किसी विद्यालय के द्वारा वाले से वेंडर के रूप में ऐड किया हुआ था इसलिए हमने इस सर्च ऑप्शन पर जाकर अकाउंट नंबर डालने के पश्चात इसे सर्च कर लिया अब चूंकि इसे हमें ऐड करना है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद मैप वेंडर ऑप्शन पर जाएंगे तो इस तरह से मैप वेंडर ऑप्शन पर जाने के बाद सिलेक्टेड वेंडर बेनिफिशियरी मैप सक्सेसफुली वेंडर के रूप में ऐड हो गया इसी तरह के और भी जानकारी भरे वीडियोज पाने के लिए टेकमास्टर यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें धन्यवाद